बहुत बेसुरा हम्म ये देख देख देख के पीछे होगा वहां पे वहां पे कन्फर्म एक दो बंदे हैं ये का भी गया अरे यार, है ये। से निकले चारों के वो यार छी भाई मैंने गलत खेला बुरे नहीं है हम चलो चलो तेरे नाम पे ये देख ऊपर चढ़ाओ वो हराम कैसे कैसे लोग दुनिया में दोस्त ये लगा ही देते हैं ग्लू वाले से ताकि इधर से तो आ ही ना पाए वो भाई ये किधर से आए ये इधर से आ रहे इधर से आ रहे पकड़ पकड़ पकड़ इनका अब अब अब थोड़ा पीछे पीछे पीछे आ आया आया आया आया, आया। देखो अभी अभी ये लोग क्या करेंगे पता है तेरे को इधर से भी एक आधाएगा अब नमूना चतुर चालाक नुबड़े बंदे भाई देख के मेरे को क्यों लग रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है ये मेरा तू अरे ये तीन बंदे मेरे ऊपर चढ़ने वाले ऐसा लग रहा है मेरे को पेक कर दे पेक कर दे पेक कर दे अरे मत जा वहां पे अरे M10 एम टेन फोर्टीन लेके घुस जाते ना बंदे वो गलत खेलते हैं भाई ये M10 वालों का कुछ नहीं कर सकते भाई देख अभी थोड़ी देर रुक गया मेरे को मारना चाहिए था बट उसने नहीं मारा क्योंकि वो नूबड़ा गधा बोट लुखा था दो मेडिकेट मारूंगा अब तो मैं शांति से खेलूंगा स्मार्ट ही अकेला संभाली ग्लू वोल लगा बस यो भाई आ अभी। नहीं, मेरे को चारों साइड से गेरी है अरे तो अरे गलत गलत भाई क्या कर रहा, रहा हूं है। मैं भाई। पंगे होने वाले आपको ये तीन साइड से मेरे को। अरे इधर से भी आ गया भाई गलती है तो मेडिकिट भी नहीं है आपको क्या ही बता। जोन जोन जोन नहीं नहीं नहीं नहीं है है। है। क्या पे? वही इसी साइड साइड साइड हमारी ना? जो इस, उस भाई तब तो तो। गलत मैं खेल रहा फिर तो। ये एक बंदा पीछे भी खड़ा है एक आगे भी खड़े अरे ये ग्रैंड मास्टर वाले हैं ना ग्रैंड मास्टर वाला दिमाग लगा लिया दो साइड खड़े हो गए भाई अभी क्या दिमाग अरे यार ये बच्चों वाला दिमाग था वो तो लगाएगी, लगाएगी। मेरे को लगाएगा पता था अगर नहीं लगाते तो मेरे को डाउट कैसे पहुंचे क्योंकि गेम प्ले में भी कुछ नहीं है भाई गलत पंगे चलो आप देखेंगे यूएमपी का जलवा है लोग हमारे अरे भाई ये कैसे हो सकता है ये ये कैसे हो सकता है? मैंने एक बंदा बंदा डाउन किया इसको इतना डैमेज देने के बाद भी बंदा यार भाई। अब इस बार तो तेरे को करना पड़ेगा वन वी थ्री ब्रो कर दे यार। यार्टी यार लव यू ब्रो वी है सब कुछ यार मेरे पास टाइलर होता तो मैं ठोक देता हूँ लोगो को वो देखो से आ रहा है यार ऊपर से नहीं आया स्मार्टी वो साइड से आया तेरे पास का...